नमस्ते चलो सीखे में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार राशन डीलर बहाली 2021 जो फिर से निकाली गई है रिक्ती यह हरिक्ति कितने पदों पे है क्या शैक्षणिक योग्यता है और कब तक भरी जाएगी तथा कितना फीस वगैरह लगेगा इस पे चर्चा करेंगे सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि इससे संबंधित सूचनाएँ आप तक सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँचेंगी तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आप देख सकते हैं समरणालय बक्सर आपूर्ति शाखा ये जो पद निकाले गए हैं सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली लक्षित जो हैं 40 पदों के लिए आवंटित किए गए हैं यहाँ देख सकते हैं आगे हम पढ़ेंगे माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा समा देश याचिका संख्या चौवन तैतालीस सोलह के संदर्भ में दिनांक चौदह बारह दो हज़ार सोलह को पारित न्यायाधीश के आलोक में बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण अध्यक्ष दो हज़ार सोलह में वर्णित प्रावधान इसमें हम मेन टॉपिक पर चर्चा करेंगे ताकि वीडियो लंबा नहीं हो तो नहीं तो आप उप जाएंगे यहाँ देख सकते हैं ये टोटल अनुमंडलवार जो है पदों की संख्या दी गई यहाँ देख सकते हैं बक्सर जिला के लिए अनारक्षित ग्यारह पद अनरक्षित महिला छः पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तीन पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला एक पद पिछड़ा वर्ग तीन पद पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग महिला एक पद पिछड़े वर्गों की महिला एक तीन परसेंट एक पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग चार पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला तीन पद अनुसूचित जाति चार पद अनुसूचित जाति महिला तीन पद अनुसूचित जनजाति जीरो जीरो अनुसूचित जनजाति महिला के लिए जीरो जीरो यहाँ दिया गया है यानी टोटल 40 पद के लिए ये रिक्तियां निकालेगी इस प्रकार कुल 40 जनवितरण वितरण प्रणाली दुकानों की रिक्तियों को भरने हेतु संबंधित वार्ड पंचायत वार्ड अस्थाई निवासियों से यानी जो अस्थाई निवासी होंगे वहां के वार्ड के पंचायत के प्रखंड के होंगे उनके उनको यह आवंटित किया जाएगा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण अधीक्षक द्वारा हज़ार के अधीन उचित मूल्य की दुकान जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुव्य के लिए आवेदन पत्र व्यक्तियों के लिए वन प्रपत्र में तथा स्वयं सहायता समूह महिलाएं पूर्व सैनिक की सहयोग समितियों की अनुसूचित टू में प्रपत्र में आवेदन पत्र अनुमंडल पदाधिकारिक बक्सर के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक कार्यालय अवधि में सिर्फ निबंधित गैंक द्वारा ही प्राप्त किए जाएंगे कह रहा है कि आपको डांक से जो पत्र होंगे फॉर्म होंगे आपको भर के भेजना पड़ेगा देख सकते हैं उचित मूल्य की दुकान अनुगपित हेतु मैट्रिक पास और वैश्य होगा परंतु कंप्यूटर ज्ञान रखने वाले आवेदक को को प्राथमिकता दी जाएगी कंप्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग को को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जाएगी अनुगपति निर्गत करने निम्न प्रकार से निर्गत निम्न प्रकार से प्राथमिकता दी जाएगी स्वयं सहायता समूह महिलाओं की सहयोग समितियां पूर्व सैनिकों सहयोग समितियाँ शिक्षित बेरोजगार तथा संबंधित पंचायत तथा अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी यानी जो लोकल निवासी होंगे उनको दी जाएगी इस जो पीडीएफ है पीडीएफ फाइल को हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसे डाल देंगे वहाँ से आप विस्तृत इसे पढ़ सकते हैं तो चलिए मे इन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे यहाँ देख सकते हैं आवेदन पत्र के साथ अपना रंगीन पासपोर्ट फोटो इसमें लगेगा आवेदकों को आवेदन पत्र में सबसे ऊपर पंचायत वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी अंकित करना होगा जिस पंचायत वार्ड एवं आरक्षण श्रेणी के लिए आवेदन कर रहे हैं शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर समझ से प्रमाण पत्रों की शव अभी प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होगा यानी टोटल ये डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे यहाँ देख सकते हैं टोटल कौन सा पंचायत है वार्ड है यहाँ देख सकते हैं चौसा पन यहाँ प्रखंड नगर परिषद का नाम चौसा बक्सर जिले के लिए राजपुर इटाही यहाँ पंचायत वार्ड डिहरी पली पलिया रामपुर चौसा अकबरपुर हेठवा ये टोटल आप देख सकते हैं इस लि, लि, लिंक जो होगा यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लि, लिंक के माध्यम से हम इसे दे देंगे यहाँ देख सकते हैं ये आवेदन जो पत्र हैं इसे हम भरेंगे यानी आपको बढ़ करके भेजना होगा देख सकते हैं अपना नाम देंगे पिता का नाम देंगे शैक्षणिक योग्यता का ये देंगे उच्चतम योग्यता धारित पूर्ण करने का वर्ष ये देंगे हम उम्र जन्म तिथि देंगे अस्थाई तथा वर्तमान पता फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर कंप्यूटर ज्ञान कितना ये देंगे आवेदन की कोटि क्या है यानी आवेदक जिस कोटि से संबंध रखते हों आवेदन की कोटि आवेदन की कोटि यानी किस आप कास्ट से बिलोंग करते हैं उचित मूल्य की दुकान का विवरण जिसके लिए अनुजप्ति अपेक्षित है यानी जो अलॉट किया जाएगा दुकान जहाँ रिक्ति खाली है उसके लिए भर सकते हैं मकान दुकान संख्या होल्डिंग नंबर क्षेत्रफल खाता नंबर यानी जिस चीज़ के लिए अलॉट किया जा रहा है वो डिटेल हम टोटल यहाँ भरेंगे और भर करके भेजेंगे अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है आरक्षण का दावा हो तो आरक्षण वर्ग का उल्लेख करें और जाति प्रमाण पत्र का संलग्न करें व्यवसाय स्थल अपना है या किराया का अगर किराया है तो किरायाधारक किराया के कारनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करें यानी अपना है तो कोई बात नहीं है यदि किरायानामा है तो किराया का है तो किरायामा का जो सत्यापित प्रति है वो संलग्न करें यदि आवेदक के पास पूर्व से कोई कारोबार की अनुग्पति हो तो विवरण दें यानी पूर्व से कोई कारोबार है तो उसका विवरण देना है कि को आवश्यक वस्तु अधिनियम ये टोटली से आप पढ़ लेंगे वहाँ से वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है या बक्सर का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी जाकर के डाउनलोड किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जैसे जैसे जो भरा हुआ है वो भर कर और ऊपर जो भी नियम लिखे गए हैं लॉज लिखे गए हैं उसे पढ़ लेंगे अच्छे से इसे हम भेज देंगे धन्यवाद